माँ भारती को वंदन आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे आज मिथुन राशि के जातकों का कैरियर राशिफल 2020 लेकर के आया हूँ जी हाँ 2020 हजार कैरियर के मामलों में क्या क्या नई सौगातें आप लोगों के लिए लेकर के आया है आज इस विषय पर हमारी चर्चा का विषय रहेगा साथ ही साथ दर्शकों दो में यदि अभी तक आप बेरोजगार हैं तो कौन से ऐसे दिव्यतम से दिव्यतम उपाय करें कि दो आपके लिए यादगार रहे तो अंत तक बने रहिएगा दर्शकों प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि तो कोई भी उपाय छूट जाएंगे कोई भी टॉपिक छूट जाएगा तो आपको पुनः परिश्रम करके फिर से देखना पड़ेगा तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन दबाइए मिथुन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल दो हजार हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया आप लोग देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप लोग देख सकते हैं जो भी भविष्यवाड़ी करते हैं लगभग नाइन्टी अभी हमारा रन रेट चल रहा है तो वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब वीडियो की अपलोडिंग डेट होती है वो भी आप देख सकते हैं कि डेढ़ साल दो साल पहले की भविष्यवाड़ी अब जाके सही हैं भागीरथ श्रृंखला तमाम जो सफल लोग हैं वो आकर के हमसे जुड़ते जा रहे हैं तो ये सब चीजें आप जाके देख सकते हैं खैर चलिए अब शुरू करते हैं तो कैरियर राशिफल 2020 के अनुसार जो मिथुन राशि के जातक रहेंगे ये वर्ष आपके लिए बहुते बढ़िया रहने वाला है जी हां यदि हम अपने जो है इधर पूर्वांचल की भाषा में बात करें तो बड़ा ही निम्न और बहुत ही बढ़िया रहने वाला है बिजनेस हो या नौकरी हो आपके लिए अपार सफलताओं की संभावना इस वर्ष में बन रही है जो लोग नौकरी शुदा जातक हैं उनके लिए ये साल उनके कद उनके पद और उनके वेतन में वृद्धि के योग बना रहा है जो जातक लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और किसी सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने के इच्छुक जो है उन उनकी इच्छा थी तो ये साल जो रहेगा ये सरकारी नौकरी के योग बनते हुए शुभ योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए जो लोग एजुकेशन फील्ड में नौकरी के लिए टीचर के लिए या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जातक प्रयासरत हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है कहा जा सकता है कि ये जो वर्ष रहेगा ये आप लोगों के लिए एक नई दिशा और दशा देगा 2020 आप अपने जीवन में भूल नहीं पाएंगे इतना अच्छा ये आपका साल रहेगा यानी कि कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए वर्ष की देखिए कई रीजन है जैसे कि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य और बुद्ध की युति होने से आपके लिए बुधादित्य योग बन रहा है इसके साथ ही शिक्षा के कारक माने जाने वाले ग्रह बृहस्पति भी सप्तम भाव में ही मौजूद रहेंगे जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं मतलब कर्म के लॉर्ड सेवेंथ में आ गए हैं और कुल मिला करके ग्रहों का जो ये योग रहेगा ये आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी अच्छे अवसर आपके लिए ले करके आए आपका यदि कोई रिजल्ट पेंडिंग में है चाहे वो लेक्चरर का हो चाहे वो डाइट का हो या वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या किसी टीचर का हो प्राइमरी हो गया या जो मतलब जो है फिफ्थ से एट तक का फिफ्थ से टेंथ तक का होता है तो इन सभी में भी आपको जूनियर वालों में भी सफलता प्राप्त होगी इस वर्ष कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लेना आप लोगों के लिए उचित रहेगा नौकरी में यदि कोई नई जिम्मेदारी मिले तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा ना नुकुर की आदत मत करिएगा इस वर्ष करियर के मामले में बेहतर निर्णय लिए जाने के संकेत मिथुन राशि के जातक ये साल इंडिकेट कर रहा है जो जातक तक कैरियर के फील्ड को लेकर कुछ फाइनल नहीं कर पा रहे थे तो वो अपनी क्षमताओं व अपनी रुचियों के बल पर बेहतर फील्ड की तलाश कर सकते हैं इस साल किसी मल्टी कंपनी में फॉरेन जा कर के कोई बहुत अच्छी जॉब आपको मिलेगी सूर्य बुद्ध व गुरु का सप्तम भाव में होना आपको एनर्जेटिक तो रखेगा ही साथ ही साथ जो गुरु गाइडेंस के मामलों में आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं किसी टीचर की मदद से आप लोग सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एक बात और बताना चाहेंगे इस साल कोई बहुत बढ़िया आप लोगों का व्यापार शुरू हो सकता है खास करके यदि आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई व्यापार करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है आप लोग कर सकते हैं आप लोग कोई बुक स्टॉल इत्यादि खोलना चाहते हैं कोई लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं कोई प्ले ग्रुप स्कूल खोलना चाहते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है साथ ही साथ बैंकिंग के सेक्टर से रिलेटेड आपको कोई अच्छा जो है आ, काम मिल सकता है आप यदि एग्जाम दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ऐसी फील्ड में होगा जहां पर चाइल्ड और केयर मतलब जो मतलब छोटे बच्चों का विकास होता है बाल विकास जो होता है इसमें आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है ये जो साल रहेगा फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छे से आप लोग इस साल डिसाइड कर सकते हैं आपके रा, राशि का स्वामी जो बुद्ध है इस वर्ष के राजा कहे जा सकते क्योंकि वर्ष की शुरुआत जो है देखिए बुधवार के दिन भी हो रही है ये भी आपके लिए काफ़ी सकारात्मक संकेत रहेगा चंद्रमा की आपकी राशि से नवम भाव में होना आपके लिए उन्नति का योग बन रहा है भाग्य भी इस वर्ष आपका खूब साथ देगा दर्शकों एक बात और बता दें जो उपाय हम बताएंगे उसको आप लोग प्लीज़ जरूर करिएगा मिथुन राशि के जातको एक खुशखबरी एक गुड न्यूज़ आपके लिए और है प्रतिद्वंद्वी के स्थान प्रतिद्वंदी का स्थान कौन सा होता है कुंडली में छठा भाव होता है तो छठे भाव में मंगल के होने से विरोधियों द्वारा आपके रास्ते में कुछ मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं लेकिन वह आपको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा पाएंगे उल्टा उनकी हानि हो जाएगी सप्तम भाव में ही केतु और शनि भी विराजमान है जो कि इशारा दर्शकों कर रहे हैं कि सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप उसे पाने के लिए पूरी तरीके से परिश्रम करिए पूरी तरीके से लगन लगाइए पूरी तरीके से निष्ठावान रहिए पूरी तरीके से मेहनत करिए तो किसी भी तरीके से मिथुन राशि के जातकों इस वर्ष आपको जल्दबाजी से बचकर रहना है कोई भी सफलता का आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है कुल मिलाकर के यदि हम मिथुन राशि वालों के लिए 2020 का कैरियर राशिफल की बात करें वन वर्ल्ड में अपने जो है मतलब बातों को कंक्ल्यूज करें तो ये संकेत कर रहा है कि यह वर्क कैरियर के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा उपलब्धियों भरा रहेगा बस ये है कि अति मत करिएगा अति सर्वत्र वर्जहित जी हाँ बहुत ज़्यादा अति भी अच्छी नहीं होती हर चीज़ आपके फेवर में रहेगी लेकिन प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाइएगा किसी भी प्रकार का कोई अनीति का काम मत करिएगा किसी से कोई झूठा वादा मत करिएगा अब बढ़ते हैं कि आपको उपाय क्या करना होगा तमाम जो भी दर्शक हैं कुछ लोग कहेंगे अरे पंडित जी उपाय करने की क्या ज़रूरत है जब सब कुछ अच्छा है कहीं कहीं अच्छा है तो कहीं कहीं ख़राब भी है देखिए जिस प्रकार जब आप बीमार हो जाते हैं आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम आती है आप क्या करते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं दांतों में प्रॉब्लम आ गई डेंटिस्ट के पास जाते हैं कोई न्यूरो में प्रॉब्लम आ गई तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसी प्रकार से जब आपके शरीर में व्याधि आती है खुद नहीं सही होती है तो आप उस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो जब आपके भाग्य में कोई रुकावट हो कोई व्याधि हो तो आपको ज्योतिषी के पास भी जाना चाहिए देखिए दर्शकों ज्योतिष विद्या बिल्कुल सही होती है बिल्कुल सत्य होती है लेकिन ज्योतिषी नहीं ठीक होते ये आजकल के जो ज्योतिषी रंगा या धूम्र इनको कह सकते हैं जो चल रखे हैं लगभग जो है नाइन्टी जो ज्योतिषी हैं ठीक नहीं है ये केवल पैसे कमाने के लिए आपसे पूजा पाठ के नाम पर ठगते हैं लूटते हैं ऐसे मक्कारों से इन लोगों को हम थोड़ा सा अपशब्द भाषा बोल रहे हैं इसके लिए क्षमा चाहते हैं ऐसे मक्कारों से आप लोगों को सावधान रहना होगा दूसरा दर्शकों यहां पर यदि आप ये जो मिथुन राशि का राशिफल है कैरियर राशिफल ये करोड़ों लोगों की मिथुन राशि और चंद्र राशि पर आधारित है आपकी पर्टिकुलर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है कैरियर के लॉर्ड की अवस्था में है सब डिविजनल चार्ट क्या कह रहे हैं कौन सी महादशा चल रही कौन सी अग्नि दशा चल रही ये तो देखना पड़ेगा कुंडली देखकर ही पता चलेगा आ, तो दर्शकों बेहतर रहेगा कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो और सटीकता से भी हम आपको उपाय दे पाएंगे तो दर्शकों यदि आपको विश्लेषण करवाना है आपके शहरों में भी आते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं करियर को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना रहेगा उपाय नंबर सबसे पहला आपको उपाय ये करना है कि मंगलवार वाले दिन आपको करना ये रहेगा कि गुड़ का महीने में एक मंगलवार को करेंगे तो बेहतर रहेगा गुड़ का और मसूर की जो दाल होती है इसका दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा और मंगलवार वाले दिन ही गाय को एक बार जरूर ये करिएगा कि सवा किलो गुड़ ले लीजिएगा सवा किलो मसूर की दाल ले लीजिएगा और पूरे वर्ष में एक बार आप लोग गाय को जरूर खिला दीजिएगा मंगलवार को करना रहेगा शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार हो तो ज़्यादा ठीक है मंगलवार और शनिवार वाले दिन चूँकि आपकी मिथुन राशि है और शनि की ढैया भी आपके ऊपर जो है लग गई है तो करना यह रहेगा कि मंगलवार और शनिवार वाले दिन आपको जो है हनुमान चालीसा का तीन बार जो है पाठ करना रहेगा और शनिवार वाले दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना रहेगा प्रत्येक शनिवार को आपको चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके ये शनिदेव ने हनुमान जी को कहा था जब लंका में शनिदेव उल्टे लटके हुए थे और इनको रावण ने लटका करके रखा था तो हनुमान जी ने इनको मुक्ति दिलाई थी तो इन्होंने स्वयं ही कहा था कि जो भी शनिवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके आपको जो लगाएगा तो हमारी जो पीड़ा है शनि की जो पीड़ा है ये उस जातक को नहीं पहुंचेगी तो दर्शकों ये उपाय आप लोग करिए आपके लिए बेहतर रहेगा करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा संडे वाले दिन चूंकि सूर्य के साथ भी आपके प्लेनेट की आपके राशि की मित्रता है तो संडे वाले दिन कोशिश कीजिए कि सनराइज से सनसेट के बीच में आपके बॉडी के ब्लड में नमक किसी भी प्रकार का चाहे ब्लैक सॉल्ट हो रॉक सॉल्ट हो या व्हाइट सॉल्ट हो बिल्कुल भी नहीं घुलना चाहिए बचा के रखिए सूर्य देव को संडे को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ रविवार वाले दिन आपको करना रहेगा ये उपाय दर्शकों आप करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग और उपाय अच्छे जान सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा और कमेंट में आप लोगों ने हमें उम्मीद है कि जय श्री राम आप लोगों ने जरूर लिखा होगा दर्शकों हमारे यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बगल में बना बेल आइकन दबा सकते हैं क्योंकि जब भी हम लाइव होते हैं तब कुंडली देखने लगते हैं तो हमारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचे इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है तो कैसा लगा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और जाते जाते आप सभी मिथुन राशि के जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम